बिसमीम अल्लमकम दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे हम हसास तबीयत जो लोग होते हैं वो इसी बात को सोच सोच के परेशान रहते हैं अपनी रातों की नींदें बर्बाद कर लेते हैं अपने आप को बेचैन कर लेते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे लोग क्या सोचते होंगे काश मैंने ये काम ना किया होता तो लोग मेरे बारे में ये ना सोचते काश मैंने वैसा कर लिया होता तो मुझे लगता है शायद मेरे बारे में लोग वैसा ना सोचते रिलैक्स आप जो मर्जी कर लें लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचेंगे जो आप सोच रहे हैं हो सकता है वो ये ना सोचें और जो वो सोच रहे हैं हो सकता है वो वही सोचें दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कोई एक इंसान जो पूरी दुनिया को खुश कर सका हो दुनिया को खुश करते रहेंगे तो याद रखें आप दुखी रहेंगे आपका काम दुनिया को खुश करना नहीं दुनिया के साथ अच्छा करना है किसी के साथ बुरा करना नहीं आप याद रखें कि दुनिया आपसे कभी खुश नहीं हो सकती अगर आप काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो लोग कहेंगे कि यार तुम पर तो सफ़ेद रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं अगर आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे तो लोग कहेंगे कि तुम पर तो काले रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं अगर आप बाल बढ़ा लेंगे तो लोग कहेंगे कि यार तुमने बाल छोटे क्यों नहीं करवाए तुम पे तो छोटे बाल अच्छे लगते हैं अगर आप बाल छोटे करवा लेंगे तो लोग कहेंगे कि यार तुम तो गंजे हो रहे हो तुम छोटे बाल ना रखा करो अगर आपकी फजीक थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी आपका जिसम थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा तो लोग आपको कहेंगे कि यार अपना चेकअप करवाओ तुम तो किसी बीमारी में लगते हो और अगर आप थोड़े मोटे हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि यार खाना पीना कम करो तुम तो, तो बहुत खाते हो अगर आप क्लीन शेव कर लेंगे तो लोग कहेंगे यार तुम पे तो दाढ़ी अच्छी लगती है और अगर आप दाढ़ी रख लेंगे तो लोग कहेंगे लो जी ये तो मौलवी हो गया अगर आप किसी से नहीं मिलेंगे वक्त नहीं देंगे उसको तो लोग शिकवा करेंगे ये तो मकरूर हो गया ये तो किसी को वक्त नहीं देता लेकिन अगर आप किसी को वक्त देंगे किसी के पास बैठेंगे उससे चंद बातें कर लेंगे तो लोग समझेंगे लोग कहेंगे कि यार ये तो बड़ा वेला बंदा है ये तो बड़ा फारक बंदा है अगर आप किसी के पास बैठ के कुछ देर खामोश हो जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि यार कौन सी परेशानी है तुम्हारी ज़िंदगी में बताओ हमें कोई ना कोई परेशानी तो है जो तुम हमें छुपा जो तुम हमसे छुपा रहे हो क्या तुम हमें अपना नहीं समझते आप जाने अनजाने में अपनी परेशानी बता देंगे आप कुछ भी अपने बारे में बता देंगे लोग पहले तो खामोशी से सुनेंगे आपके ऊपर कहेंगे यार तू तो बड़ी तकलीफ़ में गुजर रहा है कुछ ही अर्से बाद लोग बार बार वो बात सुन के आपसे मुंह से आपके मुंह से तंग आ जाएंगे और बार बार आपको कहना शुरू कर देंगे यार तुम तो खाम खवा सोचते हो तुम तो खाम खा पागलों वाली बातें करते हो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब हो गए आपका कोई बिजनेस कामयाब हो गया और आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को उसमें से कुछ हिस्सा ना दिया कोई चीज़ उनको ना दी तो लोग आपके बारे में अजीबोगरीब सी राय कायम कर लेंगे कोई कहेगा ये तो हराम कमाता है कोई कहेगा ये तो रातों रात तरक्की करके इसने ज़रूर कोई बेईमानी का काम किया होगा अगर आप उस बिजनेस में से अपने उस हिस्से में से जो आपने मेहनत से कमाया अगर आप दूसरों को देंगे तो लोग तब भी उसकी कदर नहीं करेंगे लोग किसी न किसी हाल में किसी न किसी सिचुएशन में हर सिचुएशन में हर हालात में आप से खुश नहीं होंगे आप लोगों को खुश करते रहेंगे आप यूं ही थकते रहेंगे आप एक वक्त आएगा थक जाएंगे परेशान हो जाएंगे बेजार हो जाएंगे आप अलग ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैंने ज़िंदगी में लोगों को खुश कर कर देखा है खुश करने की कोशिश की है बड़ी कोशिश की है बट मैंने देखा कि लोग कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकते लोगों की मिसाल ऐसी है कि अगर आप अपना पूरा जिसम का गोश्त काट कर इन लोगों को और दे दें तो फिर भी अक्सर लोग आपको ये शिकवा करते नजर आएंगे कि मुझे गोल बोटी मुझे बोनलेस बोटी मुझे बगैर हड्डी के बोटी क्यों नहीं मिलेगी लोगों की मिसाल ऐसी है जो आपके बारे में एक बुरा माइंडसेट बना चुका है वो बना चुका है अब वो आपको सिर्फ बुरी नज़र से देखेगा आप लाख अच्छा कर लें आप उसके लिए अच्छे नहीं हो सकते लेकिन जो आपको एक अच्छे माइंड के साथ देखता है एक अच्छी नज़र के साथ देखता है आप लाख बुरी चीज़ें भी आपके अंदर आ जाएँ वो आपकी हमेशा अच्छाई को देखेगा तो बुरी सोच वाला इंसान सिर्फ आप में बुराई देखेगा और अच्छी सोच वाला इंसान सिर्फ आप में अच्छाई देखेगा इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के साथ बुराई करना शुरू कर दें लेकिन आपको अकल और शाऊर का इस्तेमाल करना है सोच समझ कर चलना है कि दुनिया में किसी के साथ बुरा नहीं करना जिससे अच्छा करें उससे अच्छे की उम्मीद ना रखें और अच्छा सबके साथ करें लेकिन अच्छे की उम्मीद ना रखें जो आपके साथ बुरा करे, उसके साथ अच्छा करें आपने कोई भी काम करना है ये सोच कर करना है कि ये मेरे रब का हुक्म है मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपने रब के हुक्म से कर रहा हूँ क्या ये मेरा काम अल्लाह के यहाँ कबूल है क्या ये मेरा काम अल्लाह के यहाँ इसकी कोई वैल्यू है जो मैं काम कर रहा हूँ वो शर्न हलाल है वो काम अल्लाह के यहाँ एक वैल्यू रखता है अगर वो रखता है तो फिर मत सोचें कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है दुनिया तो आप इधर खड़े होंगे तब भी आपके बारे में कोई राय रखेगी और दुनिया अगर आप उधर खड़े होंगे तो तब भी आपके बारे में कोई राय रखेगी दुनिया में कोई ऐसा एक इंसान नहीं है जिससे सारी दुनिया इस दुनिया में हंड्रेड लोग उस एक बंदे के साथ जुड़ सके हों उस एक बंदे के साथ रह सके हों आप देखिए दुनिया में कितने अलग अलग तरह के मज़हब हैं दुनिया में कितने अलग अलग तरह के लोग हैं क्या ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सके तो जब ये एक प्लेटफॉर्म पे ही कभी इकट्ठे नहीं हो सके तो फिर ये एक इंसान के बारे में कैसे एक राय रख सकते हैं हम हसास लोग अक्सर इन्हीं लोगों का सोच सोच के परेशान होते रहते हैं यकीन करें जो आप सोच रहे हैं याद रखें वो अगला बंदा इस वक्त नहीं सोच रहा हो सकता है वो कोई और सोच सोच रहा हो उसकी अपनी ज़िंदगी है उसके अपने मामल हैं और उसकी अपनी ज़िंदगी में आप ही की तरह की सोचें मुमकिन नहीं कि हो सकें और उससे अलग सोचें होंगी उससे अलग उसकी ज़िंदगी उसके अलग उसके वाक़ तो जो आप सोचते हैं कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी यकीन करें कि दुनिया का हर बंदा यही सोचता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है इस एक डर को इस एक फिकर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें अगर ये चीज़ आपको नाकाम कर रही है अगर ये चीज़ आपको पीछे दिखा दिखेल रही है तो याद रखिएगा वक़्त के साथ साथ सिर्फ आपका नुकसान होगा किसी और का नुकसान नहीं होगा आप वक़्त के साथ साथ कमज़ोर होते जाएंगे बूढ़े होते जाएंगे आपकी ताकत कम होती जाएगी आपके पास रिसोर्स भी कम होते जाएंगे आज वक्त है आज ताकत है अपने कम्फर्ट जोन को तोड़ दें अपनी जिंदगी को बदल लें मत इन लोगों का सोचें आप सिर्फ उस चीज़ का सोचें जो इसके बाद आपको मिलने वाली है जो इसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है उस रिवॉर्ड का सोचें उस आने वाली ज़िंदगी का सोचें उस वक्त का सोचें उस लाइफस्टाइल का देखें उस ज़िंदगी को ग़ौर से सोचें और समझें और उस पर काम करें दुनिया ना खुश हुई है ना खुश हो सकती है और ना खुश होगी हमें दुनिया के साथ अच्छा करना है दुनिया को खुश करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी इनके साथ अच्छा करना है इनके साथ बुरा नहीं करना हमारा मकसद क्या होना चाहिए मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हमारा हमारा दीन जो कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वम के जो अहकामात हैं अल्लाह और आप सल्ला वम की अतात करनी उनके अहकाम पर चलना लोगों के साथ अच्छा करना लेकिन अच्छी की उम्मीद नहीं रखनी लोगों के साथ बुरा नहीं करना जो काम हमें दीन ने कहा है हमने वही काम करना है उसी काम पे चलना है चलना है और इसी काम पे चल के हमने कामयाब होना है बाकी लोग जो कहते हैं वो कहते रहें इनका काम है कहते रहना और हमारा काम है करते रहना वीडियो का अतितमाम यही करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असलकम् हाफिज़